एक इलाके में एक हकीम साहब रहते थे और उस हकीम साहब का अंदाज़ ये होता था कि जैसे ही वो अपने दवाखाना जाने लगते तो अपनी बीवी से कहते कि आज के दिन तुम्हें जो जो चीज़ें दरकार हैं वो एक पर्चे पर लिख कर दे दो उसकी अहलिया वो तमाम चीज़ें लिख कर उनको वो चिट थमा देती वो जाते और अपने दवाखाना पर पहुंच कर जब वो पर्चा सामने रखते तो फिर उनके सामने उनकी कीमतों को लिख देते और टोटल करने के बाद वो ये कहते या ला मैं इन अखराज की वजह से आज इस जगह मौजूद हूँ और तेरी इबादत छोड़ कर ही इसलिए आया हूँ कि मेरे घर के ये अखराज पूरे हों और जैसे ही ये मेरी ज़रूरत पूरी होगी मैं अपने इस दुकान को बंद करके दोबारा तेरी इबादत में मशगूल होने के लिए चला जाऊंगा यह मामला उसका चलता रहा एक दिन तो अजीब ही मामला हुआ कि जब दवाखाना पहुंचे पर्चे को सामने रखा चिट को देखते जा रहे हैं कहीं दूध और चीनी और घर के दीगर जरूरियात का तस्करा है लेकिन लिखते लिखते उनकी बीवी ने सबसे आखिर में लिखा कि बेटी का जहेज का सामान ये पढ़ते ही वो गोया के दिन में ही उन्हें तारे नजर आने लग गए और वो कुछ खो गए के ये कैसे होगा लेकिन सब कीमतों को वो लिखते लिखते जब इस जुमले पर पहुंचे तो हकीम साहब ने आगे तहरीर किया कि ये अल्लाह के काम है अल्लाह ही जाने हकीम साहब ने यह जुमला लिखा और दवाखाना पे जो मरीज मौजूद थे उनको दवाइयाँ देना शुरू की अभी एक दो आदमियों से ही फारिग हुए थे कि अचानक हकीम साहब के मतब के सामने एक बड़ी कार आकर रुकती है और उसमें से एक सूट बूट एक खूबसूरत लिबास पहने हुआ आदमी कार से बाहर निकलता है और वो हकीम साहब के दवाखाना में दाखिल हो जाता है हकीम साहब जैसे ही अपने मरीजों से फारिग हुए तो उसको कहने लगे कि भाई अगर आपको दवा चाहिए तो मेरे करीब आ जाएं मैं आपकी नर्स चेक करता हूं आपको देख लेता हूं और अगर किसी और मरीज के लिए चाहिए तो मुझे उसके हालात बताए कैफियत बताए वो आदमी कहने लगा हकीम साहब शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है और आप कैसे पहचान सकते हैं पंद्रह सोलह साल का अरसा गुजर गया है हकीम साहब कुछ हैरान से हुए की आखिर कौन से ये राज से पर्दा उठाने वाले हैं वो आदमी कहने लगा आज ऐसी सोलह साल कबल आपकी इसी दुकान के सामने से मेरा गुजर हो रहा था और यही दुकान के करीब ही हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ और मैं बाहर धूप में खड़ा था आपने देखा तो आपने कहा कि अंदर आइए स्टूल पर बैठ जाएं मैं अंदर आया मैंने आपको देखा लोगो को दवाइयाँ देकर आप अब फारिक बैठे है एक छोटी सी बच्ची आपके पास खड़ी और आपसे कह रही थी बाबा चलिए ना भूख लगी हुई है चलिए घर को चलते है आप उसे का कह रहे थे मैंने सोचा मैं ऐसे ही आपकी दुकान में बैठा हूँ चलो कोई दवाई आपसे कह दो और इसी बहाने कुछ आपको रकम दे दू मैंने आपसे कहा कि हकीम हमारी शादी को साल हो चुके हैं हम छे साल के अंदर अभी तक औलाद की नियमत से महरूम है बहुत सी अद्वियात का हमने इस्तेमाल किया है लेकिन अब कुछ मायूसी सी हो रही है आप मेरी तरह मुतवे हुए और आपने कहा भाई अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए और देखो ये दवाइया जो कुछ है। जब चाहता है, तो ही शिफा मिलती है जब अल्लाह का आप ये बातें भी करते जा रहे थे और कुछ दवाइयों की पुड़िया भी आप बांधते जा रहे थे आपकी गुफ्तु खत्म हुई तो आपने मुझे दो तरह की दवाइयां मेरे खाने के लिए घर वालों के लिए दवाई दी और ये देते हुए दुआ भी दी की अल्लाह ने चाह तो इसमें असर होगा और आपको अल्लाह औलाद कीवाजेगा मैंने कुछ पैसे निकाले पैसे नहीं आज का खाता हो चुका है। आज खाता बंद हो चुका है मैं कुछ समझा नहीं करीबी बैठे एक आदमी ने कहा हकीम साहब की मुराद ये है की हकीम साहब जब घर से आते हैं तो आते ही सामने घर की जरूरियात की चिट को रखते हैं जितने पैसों की जरूरत हो तो फिर वो कमाने की सूरत में अपनी दुकान को बंद करते हैं और घर को रवाना हो जाते हैं बड़े नेक सीरत हकीम हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं मैं कुछ हैरान सा रह गया और दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था कि मैं कैसा इंसान हूँ सोच रहा था कि शायद ये मेरा बैठना इन पर बोझ लग रहा है और ये कितने अजीम और नेक इंसान है वो शख्स हकीम साहब की बातें सुनकर दिल ही दिल में कह रहा है कि मेरे शख्स शुभ यकीन में बदल चुके हैं और इस दवाई में जरूर हमारे लिए कोई असर होगा और अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमें औलाद भी देगा घर जाते ही अपनी अहलिया से बीवी से वो आदमी पूरी कहानी को बयान करता है उसकी बीवी ने उसे कहा कि जरूर वो अल्लाह का कोई नेक बंदा है वो नेक इंसान है उसकी दी हुई इस दवाई के अंदर जरूर हमारे लिए असर होगा क्यों ना हो यकीनी कैफियत के साथ हम इसे, इसे इस्तेमाल करें कहां हम इस्तेमाल करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं तीन बच्चों का वालिद हूं और ये हमारे लिए इंतहाई खुशी के लम्हात हैं हम आपको बहुत दुआओं में याद रखते हैं और जब भी पाकिस्तान आता हूं कोशिश होती कि आपसे मुलाकात हो जाए आपके दवाखाना पे जब भी आया हूं पता यही चला है कि आप घर को जा चुके हैं और कल ही किसी ने बताया हकीम साहब को मिलना है तो सुबह सुबह नौ बजे आ जाइए हकीम साहब आज मैं इसी वजह से नौ बजे ही आ गया हूँ और मुआवला ये है की मैं और मेरी पूरी फैमिली हम सारे इंग्लैंड में शिफ्ट हो चुके हैं मेरी एक बहन और उनकी एक बेटी जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और मैं अपनी भांजी की शादी के सिलसिले में अपने जिम्मेराजी खुशी लिए थे और मैं उसी की खरीदारी में मसरूफ था मामला कुछ यू हुआ है कि मैं अपनी भांजी के साथ लाहौर में कभी पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जा रहा था सब जहज का सामान सब तैयारी हो चुकी है लेकिन इसी दौरान मेरी भांजी को बहुत तेज बुखार था और वही बुखार मेरी भांजी की मौत का सब बना है मैं और मेरी बीवी जब आपस में बैठे सामान खरीद चुके हैं सब कुछ कर लिया है अब इस सामान का क्या किया जाए तो फौरन आपकी तरफ हमारा ख्याल गया कि जब सोलह साल पहले हम आपके मतब में आए थे तो एक छोटी सी बच्ची वो आपके पास खड़ी कह रही थी बाबा जान घर चलो मुझे भूख लगी है तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा क्यों ना हो कि हम हकीम साहब का शुक्रिया इस अंदाज से अदा कर दें कि ये सारा भांजी का जो जहेज का सामान है ये हकीम साहब के घर पे पहुंचा दे और वो साथ कहने लगे कि आपने मुझे इस बात से मना नहीं करना है रद्द नहीं करना हम बड़ी उम्मीदों से आपके पास आए हैं ये सामान आपकी बेटी के लिए हम बतौर गिफ्ट लेकर आए हैं बस वो क्या बातें बता रहे थे कि हकीम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए वो रोते हुए और उन्होंने वो चिट निकाली और वो चिट और वो पर्चा उस आदमी के सामने रखा और कहा भाई मोहम्मद अली ये देखो आज के ही दिन मेरी बीवी ने घर के सौदा सलफ और सामान के साथ आखिर में बेटी के जहेज का सामान भी लिखा और मैंने देखो आगे क्या लिखा है ये अल्लाह का काम है अल्लाह जाने अल्लाह बेहतर सबब बनाने वाला है मैंने आगे ये जुमरा लिखकर ये मामला यही क्लोज कर दिया था मगर मेरे रब की रहमत और शान करीमी आप देखिए मैं यहाँ से उठा नहीं हूँ मेरे रब ने इस चीज का एहतमाम कर दिया है हकीम साहब कहने लगे मोहम्मद अली साहब आपकी भांजी का सदमा वो जरूर है मगर मैं तो रब की शान और रब की कुदरत पर हैरान हूं कि आज मैं घर वापस खाली हाथ नहीं पलटा यही कहते हैं कि जिसका अल्लाह पर भरोसा वो मजबूत हो जाए और औरतमाद मजबूत हो जाए फिर अल्लाह उनके लिए असबाब पैदा फरमाता है हमें भी चाहिए हलाल कमाएं, हलाल के लिए तगोदो करते रहें रसूल मकरम सल व्म फरमाते हैं कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिने ना नमाज़ ख़त्म करती है ना रोज़ा ख़त्म करता है हाँ रोज़ी की तमन्ना में रोजी की तलाश में गम जदा होना यह गम उन को कर देता है और जब आदमी अल्लाह से डरते हुए तलाश में जाता अल्लाह खुद कुरान पाक में इर्शाद फरमाता है लहु मिन ला तसिब। और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा फरमाता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता अल्लाह रबुलमीन हम सबको ऐसा तवक्ल ऐसा भरोसा इख्तियार करने की